दोस्तों अनोखे दुनिया की एक ऐसी खौफनाक दिल जला देने वाली प्रथा जिस प्रथा के अंदर महिलाएं अपनी उंगलियों को काटकर फेंक देती है कल्चर वैसे एपिसोड वन यदि आपने नहीं देखे हैं, तो उस एपिसोड का लिंक आपको आई बटन या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर मिल जाएगा बट इस एपिसोड के अंदर हम आपको इंडोनेशिया के एक ऐसे ट्राइब के बारे में बताने वाले है जिसका नाम डानी ट्राइबिस इंडोनेशिया दोस्तों दरअसल इंडोनेशिया कल्चर के ये वेस्टर्न पपुआ नामक प्लेस आरोपी डानी जनजाति पाया जाता है तो दोस्तों इस जनजाति की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस जनजाति के जितने भी लोग है इट मींस यहाँ के आस पास जो रेसिडेंशियल पीपल है वो जितनी चाहे अपनी मर्जी मुताबिक कितना वो शादी कर सकते हैं इट मीन्स 20, 50, सौ जितना मन करे यानी एक पुरुष के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कितना शादी कर सकते हैं और दोस्तों इस जनजाति की सबसे बड़ी खास बात तो ये भी है कि इस जनजाति के किसी भी पर्सन का जब शादी होता है तो उसको दहेज में ट्वेंटी सुअर इट मीन ट्वेंटी पिग दहेज के रूप में भेंट किया जाता है दोस्तों आपको बता दें की दानी जनजातियों के बस्तियों में जितने भी लोग रहते हैं यदि उनके किसी भी फैमिली के कोई भी मेम्बर की डेथ हो जाती है तो फिर ऐसा कहा जाता है कि वहां की महिलाएं अपनी एक उंगलियां काट देती है इटमीन्स एक फैमिली के अंदर जितनी मेंबर्स इटमीन्स जितने भी लोगों की मौत होती चली जाती है उतनी उंगलियां वो काटती चली जाती है ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर जो लोग मरे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है अब दोस्तों इस अंधविश्वास के पीछे का सारा अत्याचार यहाँ के सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही सहना पड़ता है अब दोस्तों सबसे बड़ी दुखद और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि दरअसल वो जो महिलाएं अपनी उंगलियों को काटती है वो खुद से नहीं काटती है बल्कि उनके फैमिली के ही कोई मेम्बर काटता है अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी और दिल दहलान देने वाली बात तो ये है कि उस महिलाएं को जो उंगली काटा जाता है दरअसल वो किसी हथियार के साथ नहीं काटा जाता है बल्कि पत्थरों से उसे कूट कूट करके काटा जाता है अब दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक अंधविश्वास के पीछे कितनी बड़ी अत्याचार को सहन करना पड़ता है वैसे ये ट्राइब इटमींस जनजाति के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है क्या ये सही है या फिर एक सुपर का एक अंधविश्वास की एक भरम है वैसे इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना